आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और भाई वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना पार्ट नौ ब्लडी मेरी इल्यूजन। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की दरावनी आकृति दिखती है माना जाता है की हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज को ऐसी बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मेरी भी इसी का नतीजा हो सकता है पार्ट उन्नीस सौ 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे जिसका मतलब था कलाना क्योंकि वहां के लोगों में दहशत फैली थी कि वहां रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे से पुकारती है और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वो कभी नहीं मिलता इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति के तलाश में घूमती है माना जाता था दरवाजे में नाले लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी और ऐसा रोज चलता रहता था